कुछ ऐसा मैंने रोग लिया कि सब सुख है अब भोग लिया वो मुरलीधर मनमोहन हो वो, वो नटखट श्याम सलोनो सो मुँह जोगन करके पूछे है किस कारण है ये जोग लिया